जाने मेरी बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे जैसा मेरा प्यार है जान तुझे दिया है बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे सुनो मेरी डार्लिंग जान तुझे दिया है बचपन का प्यार मेरा